स्वागत है और मैं आज एक बहुत ही खास और सुने हुए टॉपिक के ऊपर बात करूंगा दोस्तों मैं आज आप लोग को बताऊंगा की गूगल एसेंस से कैसे पैसे को रिसीव करते है कैसे उस पैसे को विद्रॉ करते हैं ठीक है एक बार आपने गूगल एसेंस में यूट्यूब से पैसा कमा लिया तो उस पैसे को कैसे आप अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं और उस पैसे को कैसे अपने पास ला सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो बैलेंस है नेट बैलेंस है जो 130.48 डॉलर है गूगल फोर क्या करता है 100 डॉलर तक वो कोई भी किसी को भी पे नहीं करता है तो एक डॉलर के ऊपर आ गया तभी वो पे करता है तो यहाँ पे मेरा आप देख पा रहे हैं की वन डॉलर है मौजूद है तो ये बैलेंस को मैं कैसे विद्रॉ कर सकता हूँ तो दोस्तों मैं उसी के बाद बारे में बात करूंगा आप देख पा रहे हैं कि Google Adsense का एकदम नया इंटरफेस है एकदम बहुत ही अच्छा मतलब आ, जो पहले का इंटरफेस जो था बहुत ही उलझा हुआ इंटरफेस था पर ये जो इंटरफेस है ये बहुत ही साफ इंटरफेस है और इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से आपको जो है नेट बैलेंस दिखाई दे रहा है और यहाँ पे एस्टिमेटेड अर्निंग्स दिखाई दे रहा है एस्टिमेटेड अर्निंग्स है ये साइट का अर्निंग्स है ठीक है आपने अगर अपना जो साइट है वो साइट चला रहे हैं उसमें साइट में एड को सेटअप किया है तो उसका जो इंटरफेस वो दिखाई दे रहा है गूगल YouTube का अर्निंग अलग से आता है YouTube का अर्निंग अलग से एड होके आता है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि नया जो इंटरफेस है ये कैसा दिखाई देता है और किस तरीके का होता है इंटरफेस तो दोस्तों कुछ इस तरीके का होता है तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि साइट का यहाँ लास्ट सात डेज का जो, आ, जो पूरा जो व्यू है वो दिखाई दे रहा है कि लास्ट सेवन डेज में कितना अर्निंग हुआ है कितना पेज भी हुआ है कितना क्लिक आया है और ये कस्टम चैनल्स ये कस्टम चैनल्स आप सेटअप कर सकते हैं ये माय एड्स में जाके सेटअप कर सकते हैं मैं दूसरे किसी दिन दिखा दूंगा कि किस तरीके से आप कस्टम चैनल को सेटअप कर सकते हैं और आज मैं वो नहीं दिखाऊंगा आज मैं दिखाऊंगा कि पेमेंट को कैसे रिसीव कर सकते हैं कैसे आप बैंक को उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं उसके बाद उससे आप पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये माया साइड में जो सेटिंग्स है उस ऑप्शन में आपको जाना पड़ेगा आप सेटिंग्स बटन में क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे नीचे आ जाइए और देख पा रहे हैं कि आप पेमेंट ऑप्शन सेटिंग ऑप्शन में जाने के बाद सेटिंग ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे तो नीचे ऑप्शन खुल के आ जाएगा और उसके बाद आप पेमेंट ऑप्शन में क्लिक करेंगे दोस्तों आपने देखा है मैंने कैसे पुराना इंटरफेस में वापस आ गया तो आप इस तरीके से पुराना इंटरफेस में भी वापस आ सकते हैं और यहां से आप फिर से पुराने नए इंटरफेस में जा सकते हैं ट्राई द न्यू एडिशंस तो पुराने इंटरफेस में पेमेंट का ऑप्शन जो था यहां पे ये जो गोल्ड चक्का जैसे बटन था यहाँ पर यहाँ से आपको पेमेंट का ऑप्शन देखने को आ जाता था तो यहाँ से आप पेमेंट का ऑप्शन में आ जा सकते थे ठीक है और नए इंटरफेस में ये जो है ट्राई दूस कर लेंगे तो ये जो है आपको नया इंटरफेस में लेके आ जाएगा और वहां से आपको दिखाई देगा कि पूरा किस तरीके से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं ओके okay. सेटिंग्स में गया पेमेंट ऑप्शन तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि हमने पेमेंट ऑप्शन में आ गए हैं और पेमेंट ऑप्शन में मेरा यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है पूरा तरीके से आप दिखाई आप देख पा रहे हैं कि पूरा तरीके से योर अर्निंग्स 130.48 यू हैव रीच 100% ऑफ योर पेमेंट थ्री ये कह रहा है तुछ ता ता की आप जो है जो रुकावट है वो रुकावट पार कर चुके हैं वो रुकावट था 100 डॉलर तक आपका रुकावट था और इस तरीके से आप क्या कर सकते आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हाउ यू गेट पेड ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट मैंने एक ऑलरेडी बैंक अकाउंट के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ तो चलिए इस मैनेज पेमेंट मेथड को मैं देख लेता हूँ तो देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा एक ऑलरेडी बैंक अकाउंट सेटअप है एडसेस के साथ एक ऑलरेडी बैंक पेमेंट का मेथड ऑलरेडी मैं सेटअप करके रखा हूँ तो इस पेमेंट में इस मैं इस बैंक में, में मेरा पैसा आ जाएगा और वैट ट्रांसफ़र के थ्रू तो मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा ये मैं पेमेंट ऑलरेडी मैं रिसीव कर जाऊंगा नेक्स्ट मंथ रिसीव कर जाऊंगा मतलब जब मैं आपका 100 डॉलर पार कर जाए उस वक्त से लेके आपको एक महीने तक वेट करना है आप फिक आउट बिल्कुल मत हो जाइए डर मत जाइए कि मेरा पेमेंट एक डॉलर पार कर गया फिर भी क्यों नहीं आ रहा है मेरा तो मैं ये आपको पूरा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपको नहीं आएगा आपको उसका उसका में में आ जाएगा उसका में आप जब जब पहला मतलब आपका जो को जो को का वो मतलब अपडेट होगा जैसे कि ये महीने अपडेट हो गया है तो नेक्स्ट 12, 13 तारीख को मेरा पेमेंट को जो हो है, वो अपडेट होगा तब ये वन थर्टी डॉलर जो है आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा तो यहाँ पे देख पा रहे कि ये प्राइमरी बैंक अकाउंट है ये आप यहाँ पे और एक पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं और एक बैंक अकाउंट आप सेटअप कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं कि इस तरीके से इसको करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं अपने सुविधा के लिए दोनों अकाउंट सेटअप करके रख सकते हैं देख पा रहे हैं कि आप यहाँ पे जो है पूरी तरीके से आपका जो बैंक डिटेल्स आपको फिलअप करना है यहाँ पे यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम लिखना है आपका जो नाम है जिस नाम से आपका फादर का भी नाम आप कर सकते हैं मतलब आपका फादर का भी बैंक अकाउंट इसमें डाल सकते हैं या आपके अम्मी का आपके माँ का जो है वो भी पेमेंट मेथड डाल तो, उनका भी बैंक अकाउंट कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे बैंक नेम देना पड़ेगा यहाँ पे आईएफएससी कोड देना पड़ेगा आईएफएससी कोड जो है वो आप देख लीजिए अगर आप नहीं जानते हैं कि आईएफएससी कोड क्या है तो बैंक से पता कर लीजिए ब्रांच से पता कर लीजिए यहाँ पर आप दिखाई देगा कि ऑल आई इज एन आइडेंटिफिकेशन कोड फॉर योर बैंक एंड ब्रांच तो ये आपको पता चल जाएगा आप थोड़ा सा देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा स्विफ्ट बी ये भी एक नंबर है तो ये भी नंबर आप अगर नहीं जानते तो ये भी पता कर लीजिए बैंक से कि आपका जो है स्विफ्ट बी नंबर जो है वो कौन सा है यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा यहाँ पे उसको रिटाइप करना पड़ेगा और यहाँ पे फिर कह रहा है कि इंटरमीडिएटरी बैंक ठीक है तो ये जो दोनों चीज़ है ये आप बैंक बैंक से पूछ लीजिए कि ये दोनों चीज़ क्या है तो ये आप लोगों को बता देगा बताने के बाद यहाँ पे आप सेव ऑप्शन में सेव कर लेंगे तो पहले ऑप्शन में आपने सेव करके रखा है सेकंड ऑप्शन में आप सेव कर लेंगे तो आपका वो सेकेंडरी ऑप्शन हो जाएगा तो दोस्तों इसी तरीके से आपको पेमेंट जो है कुछ नहीं करना है आपका जब पेमेंट आ जाएगा आप बस मजे में कर लीजिए क्योंकि आपका मेहनत तो ऑलरेडी सफल हो चुका है तो आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है आप खाली बैठे रहिए और पेमेंट नेक्स्ट महीने तक आपके बैंक अकाउंट में होगा और आप उसको तो लेके कुछ भी करिए तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ लगा आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिए क्योंकि मेरे वीडियो में मैं देख रहा हूँ कि लाइक मतलब लोग देख तो रहे हैं पर लाइक करना सब्सक्राइब करना भूल जा रहे हैं तो दोस्तों मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं खर्चा होता है आपका कोई मेहनत नहीं होता है तो आप इसको कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगी और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और तब तक भी लिए चलते रहे सीखते रहिए देखते रहिए हमारे साथ ऑनलाइन चैनल में बने रहिए तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों बाय